क्या आपको पता है कि आपका फेस सेप क्या है क्योंकि फेस शेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें एक अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में क्योंकि फेस शेप के अकॉर्डिंग ही आप अपने लिए एक परफेक्ट हेयर स्टाइल और बियर स्टाइल ले सकते हैं और साथ ही साथ परफेक्ट कूल सनग्लास भी परचेज़ कर सकते हैं फेस शेप के अकॉर्डिंग ही अगर आपको आपका फेस शेप नहीं पता तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो के एंड के बोनस टिप में मैं आपको बताऊँगा कि दो सेकंड में अपना फेस शेप कैसे आइडेंटिफाई करें और अगर आपको आपका फेस शेप पता है और फिर भी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको कुछ ना कुछ तो डाउट होगा अपने फेस शेप को लेकर लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना ही नहीं बल्कि किसी का भी फेस देखकर उसके फेस शेप को आइडेंटिफाई आसानी से कर पाओगी तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ऐड देख लेते हैं क्योंकि मेरे चैनल पे ज़्यादा लोग नहीं विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेस शेप के बेसिक्स के बारे में तो फेस शेप छः टाइप्स के होते हैं ओवल रेक्टेंगल डायमंड राउंड ट्रेंगुलर एंड स्क्वायर इसमें से जो रेक्टेंगल एंड डायमंड फेस शेप होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर माना जाता है अगर आपका फेस शेप डायमंड या फिर रेक्टेंगल है तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो बट ओवल स्क्वायर राउंड एंड ट्रैंगगुलर फेस शेप के लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन इनमें से भी ओवल फेस शेप के लोग बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैं क्योंकि सिक्सटी टू सेवेंटी लोगों के ऊपर यही फेस शेप देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में ओवल फेस सेप एक आइडियल फेस शेप भी माना जाता है क्योंकि ओवल फेस शेप के ऊपर हर एक सन और हर एक हेयर और बियर स्टाइल अच्छे से सूट होती है तो ओवल फेस सेप आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला फेस शेप है तो ये कुछ बेसिक्स हो गए फेस शेप्स के बारे में अब सीधा सीधा ट्रिक्स की बात कर लेते हैं तो आपको अपना फेस शेप कैसे आइडेंटिफाई करना है तो आपको अपना फ़ोन लेना है और अपने फ़ोन में अपने फेस की एक स्ट्रेट एंगल से सेल्फ़ी क्लिक कर लेनी है और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पोज या स्माइल नहीं देना है और उस फोटो को कोई से भी फोटो एडिटिंग ऐप में ओपन कर लेना है उसके बाद आपको अपने फोर के सेंटर में एक डॉट क्रिएट करना है उसके बाद अपने आइज़ के बिल्कुल साइड में एक और डॉट क्रिएट कर लेना है एंड जहां से आपकी ड्रॉइंग स्टार्ट होती है वहां भी आपको एक डॉट क्रिएट कर लेना है और उसके नीचे भी एक डॉट क्रिएट कर लेना है और सेम प्रोसेस आपको दूसरे साइड भी करना है और फिर सभी डॉट्स को आपस में ऐड कर देना है और डॉट्स को मिलाने के बाद चेक करना है कि आपका फेस से किस फेस स्ट्रक्चर के साथ मैच हो रही है तो इस फेस का सेप ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है तो इसका फेस सेप ट्रेंगुलर है तो फाइनली वीडियो की इनके बोनस टिप हम बात करेंगे कि आप दो सेकंड में अपना फेस सेप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आपको अपने फोन में इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के अंदर चले जाना है और फिर आपको अपनी सेल्फी को पोस्ट करना है और लेफ्ट में दिए गए पेंसिल के आइकन में क्लिक करके अपने फेस का एक स्ट्रक्चर या सर्कल बना लेना है एंड फेस स्ट्रक्चर के साथ मैच कराना है ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है दो सेकेंड में फेस सेप आइडेंटिफाई करने का अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फिर दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू तो शेयर दिस वीडियो और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना